इस बेसिक कंप्यूटर की क्लास में हम बात कर रहे हैं आपके साथ हम बात कर रहे हैं कंट्रोल पैनल की हमने लास्ट क्लास में बताया था कि जो आपका होता है कंप्यूटर कंट्रोल कंट्रोल के अंदर कुछ भी करना है आपको यही से करना हो सकता है तो कैसे ओपन करेंट्रोल पैनल आप स्टार्ट बटन को क्लिक कीजिए और सर्च कीजिए कंट्रोल पैनल यहाँ पे दिख जाएगा आइकन आप कुछ इस तरह से होता है इस पर क्लिक करके आप ओपन कीजिए आपके सामने कंट्रोल पैनल आ जाएगा अब यहाँ पे कंट्रोल पैनल कैटेगरी के हिसाब से दिख रहा है इसके हिसाब से कैटेगरी है तो सिस्टम एंड सिक्योरिटी हो गया नेटवर्क इंटरनेट हो गया हार्डवेयर एंड साउंड हो गया प्रोग्राम्स हो गए यूजर अकाउंट हो गया क्लॉक एंड डीजल हो गया और इजी टू एक्सेस हो गया ये जो आप देख रहे हैं कैटेगरी के हिसाब से ऊपर आपको व्यू वाइज दिख रहा है कैटेगरी अब इसको क्लिक करके अगर हम लार्ज आइकन या स्मॉल आइकन पे क्लिक कर दें तो कुछ इस तरह से आपके पास आएगा जितने भी ऑप्शन हैं सारे यहाँ पे आ जाएगा अलग अलग कैटेगरी में नहीं रहेगा सबसे पहले बात करते हैं ऑटो प्ले की अब ऑटो प्ले क्या है ऑटो प्ले मतलब कि जब भी कोई अपने सिस्टम में कोई डी वी या सी डी लगाते हैं मेमोरी कार्ड लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो प्ले हो जाएगा जैसे कि आप डीवीडी राइटर में आप अपना डीवीडी राइटर लगाते हैं, तो लगाते ही वो प्ले हो जाता है खुल जाता है तो यही पे आप जो है, जो आपको डिक्स बोल रहा है डिक्स मतलब होता है आपने आप ऐसी ड्राइव लगा रखे हैं जिसको रिमूव किया जा सकता है किसको रिमूव किया जा सकता है पेन ड्राइव को या फिर एक्सटर्नल हार्डिक okay? तो इसमें आता है कि अब किस किस को आपका होगा जैसे पिक्चर्स को ऑटोमेटिकली पिक्चर खुल जाएगा ऑटोमेटिक वीडियो खुल जाएगा ऑटोमैटिक म्यूजिक खुल जाएगा या मिक्स कंटेंट खुल जाएगा ओके अब यहां पे दिख रहा होगा चूज और डिफॉल्ट तो जब पिक्चर खुलेगा तो किस पे खुलेगा तो डिफॉल्ट है यहाँ पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप चेंज कर सकते हैं कि किस पे खुलेगा जैसे वीडियो है आप चाहते हैं कि VLC पे खुले तो यहाँ पे आप अपना डाल सकते हैं हर चीज की जरूरत नहीं पड़ती है सेम आते हैं मेमोरी कार्ड जैसे आप फोन में अपना मेमोरी कार्ड लगाते हैं ऐसे यहां भी मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं आपके लैपटॉप में मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन होता है तो मेमोरी कार्ड आपको ओपन हो या डीवीडी या ब्लू रे अब डी तो आप लोग जानते ही है मेमोरी कार्ड भी आप ही जानते हैं ब्लू रे क्या होता है इसके बारे में जानिए जो है है, एक advanced DVD की का ही होता है, लेकिन उसकी जो कैपेसिटी होती है 25 की और ब्लू रे की जो होती है वो 25 जीबी की होती है <kuh> okay. तो जो लार्ज डेटा होता है जो जब चलन नहीं था का चलन नहीं था तो ब्लू रे आया था ताकि बड़े में बनाया जा सके। अब पेन ड्राइव इतने सस्ते हो गए हैं, इतने सस्ते हो गए कि नहीं है ब्लू रे भी था तो हमने ऑटोप्लो के प्ले के बारे में जान लिया ऑटो प्ले के बाद हम बात में, बारे में, बारे में हैं। डिफॉल्ट प्रोग्राम डिफॉल्ट प्रोग्राम मतलब क्या होता है अब यहां पर दिख रहा है आपको सेट और डिफॉल्ट चे, चेंज ऑटो प्ले से बात तो किया हमने सिर्फ काम एक्सेस कंप्यूटर डिफॉल्ट है सेट डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम में हम आते हैं तो इसमें ही बताता है कि आप जब किसी पे क्लिक करें तो बाई डिफ़ॉल्ट का कौन कौन से डिफॉल्ट खुल जाए ऐसे मेल मेल हमारा खुद ब खुद खुल जाएगा ठीक है गूगल मूवी फ़ोटो खुल जाएगा मतलब तो अगर किसी फोटो पर डबल क्लिक करते हैं तो फोटोज के फोटोज व्यूअर में खुलेगा किसी वीडियो पर क्लिक करते हैं तो आपका जो मूवी है टी वी खुलेगा आप यहां से चेंज कर सकते हैं मैंने बोला कि मैं किसी वीडियो पे क्लिक करूं, तो मेरा जो है इस पर क्लोजी अभी फिलहाल किसे इस पे है मूवी एंड टीवी वी पे है अगर मान लीजिए कोई वीडियो प्ले करता हूं, कोई भी वीडियो प्ले करता हूं, इससे मैंने यहां पे मान लीजिए हमने इसी वीडियो को प्ले किया तो आप देखेंगे कि आपका मूवी एंड टी का है ठीक है दिख रहा है पावर इसको बंद करता हूँ लेकिन जैसे ही इसकी सेटिंग चेंज कर दूंगा टीवी से मैं मैं कर कर देता हूं विंडो विंडो जब दिया अब मैं इसको ओपन अपने, अपने तो तो किस, किस, किस तरह के फाइल को किस प्रोग्राम में ओपन करना है और डिफॉल्ट बताया जाता है, है किस पे खुलता है माइक्रोसॉफ्ट एच को मतलब किसी भी लिंक पे क्लिक करेंगे आप तो आपका ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट का जो इंटरनेट स्टोर होता है माइक्रोसॉफ्ट खुलेगा देखिए जनरली हम क्या करते हैं गूगल क्रोम में करते हैं तो यहां से मान गूगल क्रोम सेट कर दिया अब तो जो है किसी भी, भी वेबसाइट पे मैं डबल क्लिक करूंगा किसी भी लिंक पे डबल क्लिक करूंगा तो मैं ऑटोमेटिकली गूगल क्रोम में खुलेगा तो यहां से आप डिफॉल्ट एप सेट कर सकते वापस कंट्रोल प्ले में आते हैं यहाँ चेंज कर सकते हैं ऑटो प्ले सेटिंग जो मैंने खबर मैंने बताया उसके बाद आता है फाइल एंड फाइल एंड फोल्डर ऑप्शंस अब कोई पर्टिकुलर फोल्डर खोलते हो उसकी सेटिंग यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है कि फोल्डर की सेटिंग क्या होनी चाहिए व्यू में क्या होना चाहिए सर्च में क्या होना चाहिए ये चीज़ें तो इसको चेंज करके सेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है ऐसा ऐसा किसकी पहले बता भी चुके हैं आपके बारे में अब बात करते की बोर्ड अपने की बोर्ड की सेटिंग यहां पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है? कि आपको कर्सर ब्लिंग का रेट कितना स्लो होगा अगर मैं इसको बढ़ा दिया, दिया, फास्ट कर, फास्ट फास्ट कर कहासर है? है रखते हैं वहां पे करसर होता है ठीक है ब्लिंक कर, रहे? कर रहे ब्लिंक ये जो कर्सर दिख रहा है आपको तो ये कितना फास्ट होगा कितना स्लो होगा यहां से डिसाइड कर सकते हैं आप सेम यहाँ पे डिले क्रैक्टर रिपीट जो है कब होगा चीज चेंज करने की जरूरत नहीं होता है कौन सा डिवाइस हमने लगा रखा है उसके लिए यहाँ यूज करते हैं कीबोर्ड में उसके बाद पावर ऑप्शन या आपको समझाया ही था पावर ऑप्शन क्या पावर का प्लान चेंज कर सकते कि आपका टर्न ऑफ कितने मिनट में होगा स्लिप कितने मिनट में होगा आप यहाँ से सेट कर सकते हैं अपना कि आपका बैटरी पर है लैपटॉप तो आप दस मिनट में तर, आपका टर्न ऑफ डिस्प्ले हो जाएगा और 15 मिनट में स्लिप हो जाएगा और प्लग में मैंने नेवर कर रखा है आप अपने हिसाब से अपना सेटिंग चेंज कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें प्लग मतलब पावर लगा हुआ है प्लग इन मतलब हुआ इसमें पावर बिजली के निशान दिख रहा है ना प्लग कंप्यूटर बैटरी पे नहीं है पावर पावर के बाद अगला आता है सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस का अभी इसको ध्यान से देखिएगा और देखने के बाद छेल मत सिक्योरिटी की बात करें तो ये आपका पूरी सिक्योरिटी क्या है यह आपका सेटिंग है नेटवर्क फायर वायरव क्या होता है ये आपको, आपके सिस्टम को वायरस से बचाता है आपके सिस्टम को वायरस से बचाता है आपने अगर सिस्टम में एंटी वायरस नहीं डाला हुआ है तो ये आपका 90 वायरस नब्बे रखा है तो नब्बे तो यहाँ पे आपको कर चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको हाँ कभी कभी क्या होता है कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको हम इंस्टॉल करना चाहते हैं लेकिन इंस्टॉल नहीं करने देता है उस समय में हम इसको ऑफ करना पड़ता है ये क्या होता है जिसे प्रोटेक्शन ऑन है ना सिक्योरिटी सिस्टम क्या होता है आपका कि आप इन इन आपका नेटवर्क सिक्योरिटी है वायरस प्रोटेक्शन है इंटरनेट सिक्योरिटी सेटिंग तो तरह के है तो वायरस क्या होता है वायरस अभी कोरोना वायरस है हमारे इंसान में जाने के बाद हमारा सिस्टम गुजरा देता है उसी तरीके से वायरस आपके सिस्टम जब घुसता है सिस्टम तो जो तो नॉर्मल चल रहा है वो ना चल उसके अंदर तो बहुत सारे कॉपीज बना देता है कॉपीज बनाने के बाद क्या होता है आपके सिस्टम पे लोड बढ़ जाता है लोड पड़ने के बाद सिस्टम आपको स्लो कर जाता है या फिर कुछ ऐसे वायरस आएंगे जो कि आपसे बिना परमिशन लिए आपकी बहुत सारी चीजों को एक्सेस कर देंगे जैसे कि कोई हैकर ने आपके सिस्टम एक बैरेंस छोड़ दिया कि आप जो भी स्क्रीन में डालेंगे वो उसको वहां दिख जाएगा इससे क्या होगा कि आपका नेट बैंकिंग का पासवर्ड वगैरह डालेंगे तो उसको पता चल जाएगा कि आपने क्या डाला है। आपके कोई कोई है, आपको बिना पता लगे हो आपको भेज देगा, देगा।, दे देगा इस तरह के जो है वो वायरस होते हैं वायरस मतलब ऐसा होता है जो, जो के लिए आपका विशाख्त का काम करता है जीवाणु का काम करता है विषाणु का काम करता है वो आपका होता है तो इसमें आपका जैसे कि बहुत सारे लोग सिक्योरिटी के लिए एंटीवायरस रखते है। तो हैं जैसे कोरोना वैक्सीन कैसे? सिस्टम में एंटीवायरस एंटीवायरस हैं। हमेशा चलता रहता है और जैसे ही कोई फाइल सिस्टम में घुसती है फाइल कैसे घुसेगी फाइल घुसने का दो तीन पॉइंट है पहला इंटरनेट से आएगा दूसरा जो आएगा आपका पहला इंटरनेट से आएगा और दूसरा आपके पेनड्राइव से आ सकता है तीसरा आपको डीवीडी से आ सकता है तो जैसे ही कोई फाइल सिस्टम में इन होगा वो पहले चेक करेगा कि जो तो फाइल के अंदर की चीज़ें हैं वो सिस्टम को डिफेक्ट तो नहीं कर रहा है और उसके बाद सिस्टम ना मिलेगा तो पहले क्या था कि हमें एंटीवायरस अलग से लगना पड़ता था बस यहाँ पे एंटीवायरस खुद बखुद है आप अलग से भी रख सकते हैं लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एंटीवायरस खुद देता है तो यही चीज़ें हैं लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें कोई ऐसी फाइल यूज करनी पड़ती है जो कि सिस्टम उसको एंटीवायरस समझता है जैसे कि आपको विंडोज का एक्टिवेटर चाहिए आपने पायलटेड विंडोज खरीदा है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम आपने माइक्रोसॉफ्ट से नहीं खरीदा है आप लीगल आपने पायलटेड खरीदा है तो उसको क्या करेगा तो उसको एक्टिवेट करेगा नहीं एक्टिवेट करोगे तो नीचे दिखाता रहेगा उस दिन बाद आपने आप कर देगा तो जो एक्टिवेट को चेक करने वाला सिस्टम है उसको डिसेबल कर देता है जो एक्टिवेटेड होता है। अब जैसे एक्टिवेटेड सिस्टम में डालेंगे कंप्यूटर समझ जाता है कि मुझे कुछ ना कुछ खराब करने आया तो है, अच्छा है तो हटा देता है लेकिन मेरी जिंदगी ये ज्यादा अच्छा चीज़ है क्योंकि मुझे पे नहीं करना पड़ेगा तो उस केस में हमें अपनी सिक्योरिटी को लो करना पड़ता है सिडनिक जाकर सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस पे क्लिक कीजिए और की यहां से आप अनचेक कर अनचे क्या क्या अनचेक कर सकते हैं जो अनचेक अनचे वो आपका सिक्योरिटी सिस्टम नहीं चलेगा तो सिक्योरिटी एंड में इसमें है रिकवरी अच्छा आप लोग फोन को रीसेट करते होंगे फैक्ट्री मोड में रिसेट करने से क्या होता है आपके फोन का सारा डेटा उठ जाता है और फोन जैसे आपका जो फैक्ट्री से खरीद नया खरीदेगा उस तरह के अंदर की सारी चीजें हो जाती है सेम चीज यहाँ रिकवरी भी होता है ऐसा लगा कि आपने कुछ ऐसी सेटिंग चेंज कर दी है कुछ ऐसा कर दिया है जिससे आपका कंप्यूटर का परफॉर्मेंस खराब हो गया है या कोई तो प्रॉब्लम हो गई है तो रिकवरी पर क्लिक कीजिए रिकवरी पर भी क्लिक कीजिए और यहाँ से आप रिकवर कर सकते हैं ठीक है तो नहीं करते समय आप अपना ड्राई क्या बोलते हैं टूल्स क्रिएट कर सकते हैं जो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर वगैरह है जो हमारा डाटा है वो एक जगह स्टोर कर देखे तो करेंगे तो यहाँगा मुझे रिस्टोर करना नहीं है तो मैंने इसको कैंसिल कर दिया आप लोग भी इसको मत कीजिएगा लेकिन कभी इन फ्यूचर जरूरत पड़ा तो ट्राई कीजिए आपको पता रहेगा इसके बारे में ना हम सिस्टम पे क्लिक करते हैं जब हम सिस्टम पे क्लिक करते हैं तो मुझे सिस्टम से रिलेटेड सारा चीज़ दिखता है जिसको जनरली हम लोग उसके दिस पीसी पे राइट क्लिक करके करते हैं प्रॉपर्टी वो तो सेम चीज़ यहाँ पे आपका आता है सबसे पहले तो आपको कंप्यूटर के बारे में बता रहा है कंप्यूटर का नाम क्या है उसका प्रोसेसर क्या है कितने जी का रैम है कितने जी का रैम है वगैरह वगैरह कौन सा बिट का है सिस्टम कौन सा बिट है सिक्सटी बिट है या अब सिस्टम टाइप मुझे देखिए सिस्टम का टाइप होता है दो तरह का टाइप होता है थर्टी टू बीट एंड बिट अब क्या होता है थर्टी टू बीट बिट मतलब बाइट होता है तो बिट से क्या होता है इसके अंदर जो भी सॉफ्टवेयर डलेंगे इसी कैटेगरी के डलेंगे मतलब जाती है ना जैसे थर्टी टू बीट यहाँ पे अगर थर्टी टू बीट है कोई सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर रहे हैं तो आपको थर्टी टू ही डाउनलोड करना होगा सिक्सटी फोर है तो सिक्सटी फोर ही लेना इसको हम लोग बोलते एक्स सिक्सटी फोर बेस्टर जो हमारा होता होता है ना, के है ना के के के पे इसके बारे में पढ़ने लिए फिलहाल आप, आप जानिए कि जानिएसर टाइप है उसके बाद आपका विंडो कौन सा है वर्जन कौन सा है वो यहाँ पे दिखाता है उसके बाद अपने सिस्टम की पूरी सेटिंग चेंज कर सकते हैं डिस्प्ले की सेटिंग चेंज कीजिए साउंड की सेटिंग चेंज कीजिए नोटिफिकेशन की सेटिंग चेंज कीजिए फोकस एंड असिस्टेंट की सेटिंग्स चेंज कीजिए पावर की बैटरी की स्टोरेज की मल्टीटास्क ये सब चेंज कर सकते हैं यहाँ से क्लिपबोर्ड क्लिपबोर्ड क्या होता है जब आप कॉपी करते हैं ना वो क्लिपबोर्ड में सेव होता है यहाँ से इसको आप क्लीन रिन कर सकते हैं क्लियर कर सकते हैं रिमोट एक्सेस का मतलब होता है कि आपकी कंप्यूटर कोई कहीं और से बैठ कर एक्सेस अगर आपके अगर डेस्कटॉप पे कुछ फाइल उसको देखना है तो उसको जो है आपके कंप्यूटर पे आके बैठ के देखने की जरूरत नहीं है वहीं से दिख जाएगा ले लेगा पर आपके कंप्यूटर खुला होना चाहिए ये आपका रिमोट सिस्टम होता है उसके बाद यहाँ पे विंडोज एंड मोलबी सेंटर है ये इसमें कोई खास चीजें नहीं होती है उसके बाद आपका बैकअप एंड रीस्टोर है आप ये बैकअप अगर क्रिएट कर सकते हैं सेटअप द बैकअप कर देंगे तो क्या होगा एक पर्टिकुलर टाइम पे सिस्टम पूरा बैकअप लेके स्टोर रखेगा में बैकअप रखेगा, हर चीज जो भी सिस्टम देता है ठीक है लेकिन जो बैकअप लेगा तो उस समय दिक्कत हो जाएगी समझिए कि आपको डबल स्पेस चाहिए होगा समझे डबल स्पेस नहीं आपकी सिस्टम नहीं रखेगा बैकअप जैसे आपकी अभी मान लीजिए 500 सौ जीबी का रेटा है ना तो आपको हजार जीबी चाहिए 500 सौ जीबी तो आपका नॉर्मल पड़ा हुआ है 500 सौ जीबी आपका चला गया बैकअप ये बैकअप सेट कर सकते हैं आप डिवाइस इनक्रिप्टन इंक्रिप्स है कि आप अब यहाँ पे देखिए मेरा जो सी ड्राइव है लॉक है सी ड्राइव ये देखिए लॉक है ठीक है आपको मतलब समझे कि अगर कोई मैं मैं हार्ड लेके जाता है वो अपने कंप्यूटर में लगाएगा तो बिना की रिकवरी की का, के का नहीं उसको रिकवरी चाहिए, चाहिए होगा तो यहाँ बैकअप रिकवरी की करेंगे तो एक नोट पैड पे आपका दिखे आएगा प्रिंट करिए या फिर सेव कीजिए तो नोट पैड आपका एक रिकवरी सेव की सेव कर देगा एक लंबा सा कोड होगा रिकवरी की इसको बोलते हैं फाइल हिस्ट्री फाइल हिस्ट्री में आप यहां पर बता सकते हैं कि अब यहां पे टर्न ऑन करना पड़ेगा ऑन कर रखा है फाइल हिस्ट्री बताता है कौन सा फाइल कब क्या वगैरह वगैरह जो पूरा हिस्ट्री बताता है लेकिन इसमें कोई खास जरूरत होता नहीं है मेल माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का खोलेगा मेल का भी तो यहाँ पे ई अकाउंट वगैरह सेट कर सकता है हालांकि आउटलुक में पढ़ाऊंगा तो उसे बताऊंगा कि कैसे यूज किया जाता है प्रोग्राम एंड फीचर प्रोग्राम फीचर तो फिलहाल रहते आगे बढ़ते हैं साउंड अगर आपकी जो यहाँ साउंड की जो सेटिंग आपने की थी पूरा यहाँ दिखेगी जैसे देखिए दिखे, मेरे पास स्पीकर लगे हुए हैं हेडफोन है, यहाँ पे रेल निशान लगा हुआ है मतलब की नहीं है उसके बाद यहाँ रिकॉर्डिंग में आते हैं तो देखिये माइक का परफॉर्मेंस मैं कौन सा माइक यूज कर रहा हूँ मैं लैपटॉप का माइक यूज कर रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ तो मीटर चल रहा है और कितना मीटर एक्सेप्ट कर रहा है यहाँ पे भी आपको दिख रहा है अगर मैं इस पे डबल क्लिक करूँ तो यहां से खुलेगा और यहां से मैं इसकी लेवल जो है बढ़ा सकता हूं कि माइक का लेवल क्या हो लेकिन बढ़ाने से क्या होगा साउंड में ज़्यादा हो जाएगी समझ में कम आएगा डीजे की तरह हो जाएगा कि डीजे पे गाना बज रहा है धमधम आवाज़ आ रहा है गाना क्या है पता नहीं चल रहा है तो सिस्टम इसको अपने आपसे बैलेंस करके रखता है इसी में कहता है लिस्नर अगर मैं लिस्टर पर क्लिक कर दूँ अब मैं जो बोलूँगा यहाँ पर देखिए अप्लाई करता हूँ अब जो मैं बोलूंगा है? है। आप जो बोलिएगा वो आपके स्पीकर के चाहते कि माइक की तरफ बोलूंगा सबको सुनाई दे तो इसी आपको लिसन में जाके क्लिक करना पड़ेगा ठीक है यहां से लेबल कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है और सेम साउंड यह तो तो लास्ट लास्ट बने बनाया टूल क्या क्या है यहाँ पे आपका दिखता हूँ एक करेक्टर मैप है आपका कमान पॉउंट है जो होता है क्या होता है ये आपका कमांड प्रॉब होता है आप पूरे कंप्यूटर को एक कमांड के जरिए देख सकते हैं पहले डॉस ही बोलते डॉस ठीक है तो डॉस कमांड यहाँ जो भी लिखेंगे वहाँ पे आएगा उसके बाद यहाँ पे कंपोनेंट सर्विसेज है कंप्यूटर मैनेजमेंट है भी यहाँ पे यहाँ पे आपको सिस्टम के अंदर की चीज़ें आपका कंपोटेंट सर्विसेज है कि कौन सा सर्विस चल रहा है लोकल में क्योंकि सभी चल रही है यहाँ पे दिख जाएगा कि सभी चल रहा है मतलब तो इससे पता चलता है कि कंप्यूटर में क्या क्या रनिंग है दिख है रनिंग दिखा है स्टेटस रनिंग क्या क्या, -क्या रनिंग है ब्लूटूथ रनिंग है ब्लूटूथ लग रहा है आप चाहते हैं ब्लूटूथ को स्टॉप कर देना तो यहाँ से आप डबल क्लिक कीजिए स्टॉप कर दीजिए यहाँ से स्टॉप हो जाएगा तो जो जो चीजें डिवाइस जो भी सॉफ्टवेयर जो भी सिस्टम यहाँ चल रहा है पूरा लिस्ट यहाँ पर आपको दिखेगा सर्विसेज तो विंडोज कम्पोनेंट के अंदर में आता है कंप्यूटर मैनेजमेंट है आपका यहाँ आपको कंप्यूटर का पूरा मैनेजमेंट दिखता है यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट क्लिक कीजिएगा पता चलेगा कितने डिस्क है क्या स्पेस है क्या खाली है सब आपको यहाँ से बताएगा हेल्थ क्या है उसका दिखाए आपको कितने डिस्क है सर डिस्क आपको यहाँ पे बताता है कितने पार्टीशन है मेरे कंप्यूटर में दो डिस्क लगे हैं दो हार्ड डिस्क लगा हुआ है एक हमारा एस है और एक हमारा नंबर हार्ड डिस्क है एस एस सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है जो कि नया आया है और उसमें देखिए नॉर्मल जो हार्ड डिस्ट होता है उसमें सीडी कैसे तो वो थोड़ा सा स्लो चलता है आया हुआ है सॉलिड स्टेट ड्राइव जो आया हुआ है और सॉलिड स्टेट ड्राइव जो है।, है वो आपका फास्ट चलता है ठीक है और मांगे भी आते हैं तो आप सारा आपको दिखाया है कितने यहाँ पे है और सिस्टम मैनेजमेंट बताया कि परफॉर्मेंस क्या है आपका सिस्टम का परफॉर्मेंस पता चल है टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है ठीक है इवेंट व्यू और कौन सा इवेंट चल रहा है तो ये चीजें आगे जब जाएंगे एडवांस कंप्यूटर में जाएंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वगैरह करेंगे तो सब चीजों की जरूरत पड़ेगी बट अभी आप जान जाएंगे तो उस समय निकालना आपके लिए आसान रहेगा सीखने में आसानी रहेगा तो आपका सिस्टम कंप्यूटर मैनेजमेंट में कंप्यूटर का मैनेजमेंट शो करता उसके है उसके बाद कंट्रोल करना आपने देखा ही उसके बाद यह है क्लीनर। क्लीनर क्या होता है जब इस पर डबल क्लिक करते हैं तो आप किसी को क्लीन करना है क्लीन तो कर सकते हैं, उड़ जाएगा आपको, देखा, हो गया। इसके बारे आपको क्या होता है इसे मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि कोई, आपको मान कि कि कोई एक फाइल को खोलना है सॉफ्टवेयर खोलना है आप चाहते हैं कि बात बस तारीख को 12 बज के बीस मिनट में मेरा आउटलुक खुल जाए तो मेरा इंटरनेट खुल जाए तो ऑटोमेटिकली इसमें सेट कर दीजिएगा अलार्म की तरह तो उतना बजिए उतना टाइम पे ऑटोमेटिक उसको खोल देगा, ठीक है यहाँ से ये यह चीज़ें कर सकते हैं, पावर से होता है सिस्टम के अंदर जो होता है वर्ड पैड है ये सब जो फ्री मिला हुआ है वो चीज़ यहाँ पर दिखा रहा है विंडोज टूल्स में कलर मैनेजमेंट हो गया आपका अपने सिस्टम का कलर को मैनेज कर सकते हैं कैसा कलर होना चाहिए ग्राफिक्स कार्ड के लगा है तो अपना ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पर सेट कर कलर मैनेज कर सकते हैं ये आपका डिवाइस मैनेजर है अपने डिवाइस जो आपने डिवाइस ने शॉर्ट कर रखे हैं अब देखिए इतने सारे डिवाइसेज हैं जो कि अन नॉन है दिख रहा है आपको रहा। ये ड्राइवर यहाँ से चेक किया जाता है ड्राइवर अब मेरे कंप्यूटर में इतने सारे ड्राइवर है जो कि अन नॉन है जिसको सिस्टम समझ नहीं पा रहा इसको राइट क्लिक करके आप अपडेट कर सकते हैं अपडेट ड्राइवर वो तो इंटरनेट पे सर्च करेगा इसको ड्राइवर मिला तो अपडेट करेगा ना मिला तो ना अपडेट करेगा ठीक है तो जो सिस्टम में जितने भी फीचर्स ऐड है हार्डवेयर ऐड है हार्डवेयर यहाँ पे दिख रहा है आपको पूरा यहाँ पे ब्लूटूथ है यहाँ पर बैटरीज है ब्लूटूथ ऑडियो है कैमरा है कम्प्यूटर है हार्ड डिस्क है डिस्प्ले है जिस मतलब की जो आपकी स्क्रीन लगी हुई है ह्यूमन इंटरफेस हो गया इसके कीबोर्ड्स है सबका सेटिंग पर जो अदर दिख रहा है इसका मतलब है क्योंकि आपने मानी जो पेन ड्राइव गुजार दिया तो उसके सिस्टम होना चाहिए रीड करना है तो नहीं हो जाएगा तो वो ड्राइवर है तो जो भी हार्डवेयर आप जबकि मेरे सिस्टम में माइंड स्पीकर है लगा हुआ हमने यहाँ ड्राइवर उड़ाया है इसका मतलब है कि कंप्यूटर पर पता चल गया कि यहाँ से उसको रीड करने वाला फंक्शन खत्म होगा तो नहीं समझ पा रहा है इसलिए कोई भी चीज कुछा नहीं कीजिएगा जब तक सही से पता ना चले चलेगा का मतलब हुआ लिखावट कि आप किस एक्सेल में या कहीं भी कुछ लिखते हैं तो कैसा होना चाहिए जैसे आपको हिंदी में लिखना है तो आपको हिंदी का फॉन्ट होना चाहिए हिंदी का फॉन्ट नहीं है तो आपको हिंदी का फॉन्ट इंस्टॉल करना पड़ेगा और इंस्टॉल होकर आप यहाँ आएगा आपको यहाँ तो किसी ने बोला कि क्या तुम्हारे सिस्टम में हिंदी का फॉन्ट है अगर हिंदी का फ़ॉन्ट नहीं है है या नहीं है आप यही चेक कर सकते हैं यहीं तो पे आपको दिख जाएगा कि हिंदी का फ़ॉन्ट है या नहीं है हिंदी का फ़ॉन्ट नहीं है इसका मतलब आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा तो जितने भी फोन यहाँ पर आपको दिखेंगे उसके बाद माउसेज है आप जो माउस लगाते हो माउस का सेटिंग है कि माउस स्लो चलेगा या फास्ट चलेगा अब यहाँ पे देखिए स्विच प्राइमरी कर दूंगा तो राइट क्लिक की जगह पे लेफ्ट क्लिक चलेगा यहाँ पे जैसे अभी क्लिक करने के लिए राइट क्लिक यूज करते हैं ये वाली क्लिक को यूज़ करते हैं अब मैं यहाँ पर क्लिक कर दिया तो इस बारी क्लिक को यूज माउस का पॉइंटर अब यहाँ से अपने माउस का पॉइंटर चेंज कर सकते हैं आपका माउस कैसा दिखे आप माउस को किस तरह से दिखे तो मैंने इसको अगर सिलेक्ट करके ओके कर दिया और और रिस्टार्ट करना पड़ेगा तब होगा माउस पॉइंट का रिस्टार्ट होते चेंज हो जाएगा माउस पॉइंटर आपका। यहाँ से माउस का पॉइंटर ऑप्शन है आपका पॉइंटर स्लो चले या फास्ट चले सैडो यहाँ पर डिस्प्ले पॉइंटर्स लॉन्ग कर देते देख रहा है आपको दिख रहा है घूम रहे थे पॉइंटर के पीछे पीछे इस बन रहा सैडो ना साइडों इस पे क्लिक करना इसको हमारे जी इसको क्लिक करते जांच के लिए इसको क्लिक करके अप्लाई करेंगे क्या होगा कहीं भी क्लिक के, क्लिक करेंगे तो ये इस तरह का बनेगा इस गोल बनेगा तो यहाँ से प्वाइंटर से व्हील आपका व्हील जो चलता है जो बीच में माउस के पीछे जो गोल होता है उसको व्हील उगाते माउस वील तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि जब घुमाओगे तो तीन टाइम फास्ट होगा अब इसको बढ़ा सकते हो घटा सकते हो तो इसे यूज कब करते हैं स्क्रॉल करने के लिए ऊपर नीचे करने के लिए तो कितने लाइंस ऊपर नीचे होगा तो डिफॉल्ट तीन लाइंस दिया हुआ है तीन लाइन ऊपर ऊपर हो नीचे होगा आप यहाँ से इसको घटा सकते हो बढ़ा सकते हो यावरी आपको दिख रहा है तो रिकवरी मैंने आपको बताया ही सेम रिकवरी यहाँ भी है और यहाँ आपको दिख रहा है यहाँ पे टेक्स टू स्पीच टेक्स टू स्पीच हुआ कि आप चाहते हैं कि आप कुछ बोले और फिर वो आपको बताए टेक्स टू स्पीच इसके लिए वर्क करता है ठीक है कुछ भी बोलिएगा यहाँ पे सुनेगा और फिर उसको बताएगा नहीं इंटरनेट का भी चलेगा नहीं तो यहाँ पे टास्क स्पीच ट्यूटोरियल में समझाता है लेकिन ये इतना पॉपुलर नहीं है क्योंकि हमारी बात को समझने में पूरी तरह समझने में असमर्थ है क्योंकि आप ओके पे देख ही लेते हो ना इसलिए उसके बाद यहाँ आप आ, इसके बाद यहाँ पे आपका हो गया स्पीच हो गया वर्क फोल्डर ये आपके जो काम के फोल्डर होते हैं वर्क फोल्डर वो दिखाता है कौन सा वर्क फोल्डर है आप बना सकते हो लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ती है अब यहाँ पे है, कुछ है, आ, भी आपको प्रिंटर तो, क्या क्या तो है बट इसका ड्राइवर नहीं है तो इसमें जितने भी आपने हार्डवेयर लगाया हुआ है सारे हार्डवेयर का यहाँ पे शो करेगा इस मैंने की बोर्ड लगा रखा है एस टी सी का दिख रहा है आपको यहाँ पे आपको हमें एच का माउस लगा रखा है एच का माउस दिख रहा है हेडफोन मैंने ब्लूटूथ कनेक्ट किया था ब्लूटूथ दिख रहा है तो यहीं पे आपको दिख रहा है आपको जिस सारी चीज़ें यहीं पे दिखेगा और यहाँ से आप ऐड भी कर सकते कोई डिवाइस ऐड करना है कोई प्रिंटर ऐड करना है जैसे मान लीजिए कि दूसरे कंप्यूटर में प्रिंटर पड़ा हुआ है तो क्लिक करके हम से प्रिंटर को चूज करके यहाँ ऐड कर सकते हैं ताकि मैं यहाँ से कमा दूँगा तो वहाँ पर काम कमान मिल जाएगा चीज प्रिंटर सेट करके दिखाऊंगा तुम्हें तो समझाऊंगा समझाऊंगा आपको ये आपका नेटवर्क एंड शेयरिंग होता है आपका रिविजन होते हैं तो अभी जो है यही तरह प्रैक्टिस कीजिए अगली क्लास में मैं इसकी जो बाकी की चीज़ें हैं उसके बारे में बता देंगे पहले बाकी जो मैं बताया उस एक बार आपको करना है क्या सिर्फ एक बार देखना है कुछ तो ऐरसा मत कीजिए सेटिंग है देख के समझिए कहीं भी क्लिक करने से देखिए क्या है ऐसा नहीं कि आप सिस्टम की सेटिंग बिगाड़ दें। एक बार चेक कीजिए उसके बाद यूज कीजिएगा ओके okay? तो मिलते हैं अगली क्लास में ओके okay?